वो तो अबे, बना अरे देर लाइस चलो भाई लोग बढ़िया है सारे बंदे और लाइव पे जुड़ जाए जिसने अभी तक लाइक नहीं करा जल्दी से जल्दी लाइक कर दो बहुत बढ़िया लाइव पे जुट जाते हैं सारे बंदे को खेलाएंगे जितने बंदे आएंगे लाइव पे सारे बंदे कस्टम खेलेंगे अभी कितना कस्टम हो चुका है देखते अभी हमारे पास कस्टम है कई कस्टम अभी बहुत बचा है अभी बहुत कस्टम है नए वाले आई डी में भी अभी साठ कस्टम बचे है ऐसे भी हमको ये बंडल पसंद आया बहुत पसंद है ये बंडल और बंदे लाइव पे जल्दी से जल्दी जुड़ जाए ताकि हम कस्टम को स्टार्ट करें और जो बंदे लाइव पे आ चुके हैं जल्दी से जल्दी मैसेज करो रितेश रितेश कुमार हेलो भाई मेरा दोस्त बहुत हार्ड बहुत हार्ड साजिद भाई हेलो अबुल गेमर हेलो अदनान कुमार आगे बहुत बढ़िया भाई लोग अभी कस्टम बनाने वाले हैं जो बंदा अभी तक आया नहीं है जल्दी से जल्दी लाइव को ज्वाइन करो और लाइक करो जल्दी से जल्दी ताकि हम कस्टम स्टार्ट करें जल्दी कस्टम बनाओ रुको सबर करो भाई सबर करो अभी कस्टम बनाएंगे और बंदे लाइव पे जुड़ जाए लाइव पे और बंदे जुड़ जाए और जल्दी से जल्दी लाइक कंप्लीट हो जाए बीस लाइक का टारगेट है बीस लाइक जैसे ही कंप्लीट होगा वैसे ही हम कस्टम बना देंगे जल्दी से जल्दी और बंदे जुड़ जाए ये रहा हमारा गिल्ड जिसको भी हमारे गिल्ड में आना होगा वो हमारे गिल्ड में आ सकते हैं सुहेल भाई हेलो जल्दी से जल्दी बिस्लाइक कंप्लीट हो जाए उसके बाद से फिर अभी कस्टम क्रिएट कर देंगे और क्रिएट करके फिर सारे बंदे को आराम से सारे बंदे को खिलाएंगे और बंदे जुड़ जाए लाइव पे तो उसके बाद से क्या हाल है भाई मेरा हाल बहुत बढ़िया अबुल अबुल गेमर भाई बहुत बढ़िया अपना बताओ भाई भाई लोग जिसको नहीं पता है कि दस बज के तीस मिनट से हमारा लाइव स्ट्रीम डेली होता है आज थोड़ा लेट हो गया कुछ काम के वजह से कल से फिर वही टाइम रहेगा और उसके बाद से फिर हम कस्टम दस बज के तीस मिनट से फिर सबको कस्टम खिलाएंगे फ्री में जिसने लाइक नहीं करा है जल्दी से जल्दी लाइक कर दो लाइव स्ट्रीम को ताकि हम कस्टम बनाएँ ये हमारा न्यूब अकाउंट है रियल अकाउंट नहीं है रियल अकाउंट में जब कस्टम पड़े है इस वाले आईडी में भी बहुत कस्टम है इसीलिए हम सोचते हैं इस आईडी से बना के इस आईडी का खत्म करें फिर दूसरे वाले आईडी से बनाएंगे कैसे हो एमडी बहुत बढ़िया हो भाई याद हो बहुत बढ़िया भाई हाय एम भाई बोलो भाई बोलो जल्दी बनाओ भाई रुको टारगेट कम्प्लीट हो जाए लाइक का टारगेट 20 लाइक का टारगेट है जल्दी से जल्दी कंप्लीट करा तो जल्दी से जल्दी हम अभी कस्टम फिर से क्रिएट करेंगे जल्दी से जल्दी लाइव स्ट्रीम का टारगेट कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम बनाएंगे आज कुछ ज़्यादा देर तक हम लाइव स्ट्रीम पर रहेंगे क्योंकि अभी हम बहुत फ्री है जकास मैं कैलाश याद यादव नहीं मोहित हूँ अरे मोहित भाई तुम हो क्या बहुत बढ़िया मोहित भाई मोहित भाई।, भाई मुझे पता नहीं था भाई कोई दिक्कत नहीं है मोहित भाई अभी बनाएंगे अभी कस्टम बनाएंगे करो करो भाई लोग लाइक एम हमारा कंप्लीट हो जाए जल्दी से जल्दी और कस्टम फिर से क्रिएट करेंगे हम सुहेल भाई बोलो बोलो भाई रुको सबर करो भाई सबर करो सबर का फल मीठा होता है कभी कभी कड़वा भी होता है वैसे ज़्यादा तो मीठा ही होता है terminar com a जल्दी से जल्दी लाइक कंप्लीट हो जाए उसके बाद भी कस्टम क्रिएट करेंगे हम जल्दी कंप्लीट हो जाए उसके बाद लाइव स्ट्रीम पे कस्टम क्रिएट करेंगे दस बज के तीस मिनट से लाइव आते थे मगर आज कुछ प्रॉब्लम की वजह से नहीं आ पाए आज तीन बजे से आए हैं कोई दिक्कत नहीं है अभी कस्टम क्रिएट कर देते हैं जब तक हम बंडल कहाँ से मिलेगा भाई बंडल मिलेगा सबर करो और इवेंट आने दो तो कोई क्लास स्कोर्ड पासवर्ड डालेंगे पासवर्ड नहीं दिखा सकते हम तो भाई हमारा कस्टम ये क्रिएट हो चुका है 500 से 1500 सौ क्वाइन कर दिए और ये लिमिटेबन नो कैरेक्टर स्किल नो बहुत बढ़िया भाई साहब जल्दी से जल्दी लाइक हम कंप्लीट हो जाए पहले पीसी प्लेयर वालों के लिए ऑन कर दो ताकि पीसी प्लेयर भी आ सके गेम के अंदर पासवर्ड हमने क्रिएट कर दिया अब यहाँ पे कस्टम को हम कंफर्म करते हैं कस्टम हमारा बन चुका है अब लाइव स्ट्रीम पे लाइक कंप्लीट हो जाए उसके बाद से हम अभी दिखाएंगे बीस लाइक का टारगेट है जल्दी से कम्प्लीट हो जाए उसके बाद सर अभी आई रूम आई इस आईडी वाई भाई जल्दी से जल्दी लाइव स्ट्रीम को लाइक करो ताकि बीस लाइक जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए ताकि मैं आईडी पासवर्ड दूँ सबको जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए जिसने लाइक नहीं करा जल्दी से जल्दी लाइक करो लाइक को लाइक लाइक करो भाई लोग जल्दी से जल्दी लाइक करो जल्दी से जल्दी लाइक के हम कम्प्लीट हो जाए उसके बाद से अभी हम स्टार्ट करेंगे जल्दी से जल्दी लाइक कर दो जिसने लाइक नहीं करा जल्दी से जल्दी लाइव स्ट्रीम को लाइक करो ताकि हमारा लाइव लाइव स्ट्रीम का लाइक कंप्लीट हो जाए टारगेट कंप्लीट हो उसके बाद कस्टम क्रिएट करें अभी भाई मेरा चैनल नेम। गेमर भाई टीए लबुल गेमर भाई भाई मेरा चैनल नेम क्या भाई लबुल गेमर है जल्दी बनाओ कस्टम बन गया है भाई लोग कस्टम बन गया है सब्र करो हमारा लाइक एम हम कंप्लीट हो जाए उसके बाद से हम आईडी पासवर्ड देंगे अभी आईडी लिखो रूम आईडी लिखो पैंतालीस सत्रह भाई लोग जल्दी लिखो पैंतालीस सत्रह नहीं जाते हैं तो भाई साहब अभी देखो अभी ये स्टार्ट करेंगे कस्टम को बंदे जल्दी से जल्दी लिख लो रूम आईडी तो वही सब हमारा लाइव स्ट्रीम का कंप्लीट हो गया जल्दी से जल्दी लिखो रूम आईडी डी सत्रह निन्यानबे बीस जल्दी जल्दी लिखो पैंतालीस सत्रह निन्यानबे बीस सारे बंदे लिख लिए रूम आईडी जल्दी बताओ सारे बंदे ने लिख लिया क्या रूम आईडी पैंतालीस सत्रह निन्यानबे बीस बेट बॉय को कैसे इन्वाइट हो गया भाई पैंतालीस का हाल बहो बिहारी मस्ती ग्रुप बहुत बढ़िया भाई जाफर भाई तुमको पहचान गए भाई बहुत बढ़िया मैं जाफर हाँ भाई पहचान गए भाई जाफर भाई जल्दी से जल्दी लाइव स्ट्रीम को लाइक कर दो रूम आईडी लिखो पैंतालीस सत्रह नयानबे बीस जिसने नहीं लिखा है जल्दी से जल्दी लिखो रूम आईडी लिखो पासवर्ड रुको भाई सबर करो सारे बंदे लिख दे पहले लिख लिया पासवर्ड अभी बताएंगे पैंतालीस सत्रह निन्यानबे बीस सारे बंदे ने लिख लिए क्या जाफर भाई कैसे हो भाई बोरे दिनों बाद लाइव पे आए हो यार सारे बंदे लिख लिए सारे बंदे लिख लिए रूम आईडी लिख लिए सारे बंदे कितने बंदों ने लिख लिया रूम आईडी भाई लोग जल्दी बताओ रूम आईडी हो गया रूम आईडी हो गया भाई सबका बंदे गए हैं रूम आईडी डालने के लिए जब तक हम वेट करते हैं सारे बंदे रूम आईडी डी डाल के फिर अभी आएंगे सारे को हम बता देंगे पासवर्ड भी बता देंगे कल लाइव स्ट्रीम दस बज के मिनट से होगा दस बज के मिनट से कल लाइव स्ट्रीम होगा दस बज के मिनट से कल लाइव स्ट्रीम होगा सभी बंदों ने लिख लिया क्या रूम आईडी जल्दी बताओ भाई लोग पासवर्ड पासवर्ड सात आठ नौ है भाई लोग जल्दी से जल्दी लिखो मोकन भाई दस तीस पे स्कूल है अरे कोई बात नहीं कोई बात नहीं दस तीस पे स्कूल है तो कोई बात नहीं भाई टाइम चेंज कर देंगे लाइव स्ट्रीम का बाद में इतने बंदे इतना जल्दी भाई साहब इतना जल्दी इतने बंदे आ गए बहुत बढ़िया और बंदे पहले आ जाए उसके बाद से कस्टम स्टार्ट कर देंगे हम हमारे लिए तो करवा दोगे टाइम चेंज हा भाई टाइम चेंज जरूर करवा देंगे तनमय भाई बहुत जल्दी करेंगे टाइम चेंज बीच में कोई टाइम देखेंगे तुम ही बता दो भाई तन में भाई कितने बजे से टाइम चेंज कर दे कितने बजे से रख दे टाइम यो कौन कौन आ गए रे सा साहब बेफालतू में सारे बंदे को बुला रहे हो क्या बेड बॉय कौन है भाई मेराज सोहेल है भाई लोग मेराज सोहेल है ये कौन कौन बंदा आ गया भाई लाइफ पे ये कौन कौन बंदा आ गया ब्राउज के प्लेयर भाई ब्राउज को प्लेयर को कौन बुला दिया भाई साहब भाई ये कौन है एम बी आर एम आर बिक्रम भाई कौन है भाई विक्रम भाई और ये कौन है भाई बेड बॉय कौन है भाई बेड बॉय कौन है लाइव पे आ जाओ अबे नोबीता कहा से आ गया भाई यो कौन आ गया कौन कौन आ जा रहा है भाई सबको मत बुलाओ भाई लोग सबको मत बुलाओ ये बेड बॉय कौन है भाई ये कौन है भाई लव नए लिख रखा है कौन है भाई पासवर्ड क्या है पासवर्ड भाई सात आठ नौ लिखो सात आठ नौ लाइव स्ट्रीम को पहले लाइक कर दो भाई बहुत बढ़िया सात आठ नौ पासवर्ड है और लाइव पे बने रहो सारे बंदे से मैं जब पूछने वाला हूँ बता देना मैं काबिर सिंह हूँ बहुत बढ़िया काबिर सिंह भाई इतना लेट हो गए कोई दिक्कत ना है हेलो भाई काबिर सिंह बहुत बढ़िया भाई भाई ये कौन कौन बंदे आ गए फ्री में बंदे आ जा रहे हैं क्या किस कोई किसी को इनवाइट मत करो भाई हेलो भाई मैं शिव भाई इसमें कहाँ है कोई बंदा पासवर्ड क्या है भाई पासवर्ड तो बता तो रहा हूँ भाई सात आठ नौ लिखो जल्दी से जल्दी अबे तो ये तनमय ये तेरा है तो तनमय दूसरी आईडी किसकी है दो दो आईडी से आ रखा है क्या इसमें लाइव पे जितने बंदे आ रहे हैं उसी को बुलाना है भाई पासवर्ड सात आठ नौ पासवर्ड सात आठ नौ है भाई शिवराम भाई रूम आई क्या है रूम आई भाई पैंतालीस सत्रह निन्यानबे बीस देखो पैंतालीस सत्रह निन्यानबे बीस पासवर्ड सात आठ नौ वो मेरा भाई है रूम आई क्या है भाई रूम आई डी सात आठ नौ भाई प्रेम कौन आ गया है? प्रेम भाई टीएच प्रेम भाई किसको किसको बुला रहे हो भाई सबको मत बुलाओ सबको मत बुलाओ भाई जितने बंदे लाइव पे आएंगे वही खेलेंगे नूर्शेद भाई भी लाइव में ज्वाइन हो गए बहुत बढ़िया नूर्शेद भाई जिसने लाइक नहीं करा जल्दी से जल्दी लाइक कर दो ये अरसद आ गया आसिफ आ गया भाई बिना लाइव स्ट्रीम पर से आए कैसे आ रहे हो भाई प्रेम कौन है भाई इसमें प्रेम कहाँ पे है अच्छा प्रेम तुम ही हो क्या भाई रुको अभी लाइव में में ले रूम में ले रूम लिया और ये अबे यार तन्मय तन्मय हेलो तन्में भाई लाइव पे हो तो सुनो हेलो तन्मय भाई लाइव पे हो तो सुनो भाई सारे बंदे लाइव पे आ जाओ एक बार मैं एमआर विक्रम हूँ दूसरी आईडी कोई बात नहीं अगले राउंड में फिर से खेलेंगे सारे बंदे रुको कितने बंदे लाइव पे आ गए सारे बंदे पहले लाइव पे आ जाने दो शिवरम को ऐड करो भाई कहाँ से ऐड करो भाई ऐड हो गए हो भाई देखो लाइट पे हो अपना नाम लिखो अरे भाई शिवराम शिवराम को ऐड करो भाई शिवराम को कहा शिवराम अबे इधर कहा है भाई शिवराम कहाँ है भाई सरवन कहाँ है भाई सरवन सरवन इधर कहाँ दिखाई दे रहा है भाई अच्छा भाई ऑब्जर्व में आ गया हो क्या कोई दिक्कत नहीं है रुको एक सेकंड रुको भाई हेलो तनमय तनमय लाइव देख रहे हो क्या भाई जल्दी से मैसेज करो अगर लाइव देख रहे हो तो तनमय भाई हेलो तनमय भाई हेलो पे अपना नाम लिखो तन्मय भाई हेलो अबे तन्मय मैं बोल रहा हूँ यार एक और बंदा लाइव पे आ गया है ऑब्जर्व में चला गया है भाई तन्मय यार तेरे भाई को क्या बोलते है अगले राउंड से खिलाई क्या क्या बोलते हो तन्मय भाई तन्मय भाई क्या बोलते हो अरे यार सबको इनवाइट कर रहे हैं अबे भाई कोई इनवाइट से नहीं आया भाई तन में यार कोई इनवाइट से नहीं आया सारे बंदे लाइव से ही आए हैं भाई इधर इधर से सरवन भाई जो है वो, वो भी आ चुके हैं सरवन इसका नाम है और इसका आईडी भी वही है हाँ तो भाई तन में तन मैं अगले राउंड में खिला दे क्या तेरे भाई को कि अभी ही खेला है बता दे भाई क्योंकि एक बंदा अपना और है लाइफ पे जो झूठ चुका है और बोल रहा है खिलाने के लिए क्या बोलता है तन मै खेला दे इसी राउंड में उसको बोल भाई हेलो मैं कर तो कर कर दे दे रहा तो तो तो दूंगा दूंगा भाई भाई नहीं स्टार्ट तो जल्दी बोल हाँ बोलना है तो बोल दे भाई। ओके यार ठीक है मैं तेरे भाई को अगले राउंड में खिला देंगे सॉरी दोस्त दोस्त भाई दोस्त मेरा भाई सॉरी लाइव पे जब तक तुम मिले हो भाई एक बार मैच देख लो इनका उसके बाद हम करेंगे स्टार्ट करें सारे बंदे लाइव पे आके बोल दो स्टार्ट सारे बंदे लाइव पे आके बोल स्टार्ट जल्दी जल्दी बोल दो भाई लाइव पे जितने बंदे हो स्टार्ट बोल दो स्टार्ट अशोक जी अभी अशोक जी अर्जी भाई कौन है भाई अरविंद किंग भाई कौन कौन हो भाई अबे यार तन मै सुन हेलो तन खेलने के लिए तन मैं अपना फोन दे दो खेलने के लिए अपने भाई को ठीक है अपने भाई को खेलने के लिए अपना फोन दे दे तेरे भाई को डाल दे रहा हूँ खेलने में ठीक है एम आर विक्रम हूँ बहुत बढ़िया अशोक भाई एम आर बिक्रम तुम ही हो बहुत बढ़िया रुको भाई अब ये स्टार्ट करूंगा तुम तो काफी हार्ड लग रहे हो भाई नहीं बे तो भाई तन मै तू अपने भाई को खिलाना क्योंकि तेरा भाई बहुत अच्छा है यार तेरा भाई मेरा लाइव देखता है उसको अगली मैच में ले लेंगे मगर फिर उसको इस राउंड में गेम प्ले करने के लिए देना ठीक है मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सारे बंदे अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ स्टार्ट कर रहा हूँ देखो अभी स्टार्ट कर दिया अगले राउंड में सारे बंदे फिर से पैर रहेना खेलने के लिए स्टार्ट हो गया देखो हाँ केस वो देखो देखते हैं कौन जीतता इस राउंड को कौन जीतेगा सारे बंदे को पहले हम फिर से लाइक करते हैं जैसे हम हमेशा करते हैं वैसे ही फिर से करते हैं बारह बंदों को लाइक करना, लाइक करना है और बारह बंदे को हम लाइक कर देंगे काबिर सिंह भाई ओपी लेवल का बंडल के आके हो यार तुम तो सारे बंदे को अभी लाइक करते हैं। सब हम सबको हमने लाइक कर दिया अब देखते हैं जरा सबका एक बार गेम प्ले ये बंदा जो है अभी गेम प्ले नहीं कर रहा है पता नहीं क्यों ये अरशद भाई देखो अभी अरशद भाई यहाँ पे यूएम ले चुके हैं इनके पास ग्लूअल नहीं है इनको बहुत ज्यादा डैमेज पड़ चुका है और ये आराम से मेडी कर रहे हैं और आसिफ भाई भी इधर से दौड़ते हुए जा रहे हैं मगर आसिफ भाई को बहुत सारा डैमेज पड़ आसिफ भाई यहाँ पे अब बैठ के मेडी करेंगे मेरे को लग रहा है अभी मेडी भी करने लगे आसिफ भाई और इनके कुछ बंदे है जो अभी गेम के अंदर नहीं आए हैं खेल नहीं रहे गेम और इधर से विक्रम विक्रम से और से के जी एन एस एस से से फाल्ट होने वाली है अरे यार नाहिद क्यों ऑफ है भाई मेरे को नहीं पता यार मेरे को नहीं पता यार कल मैं मेरे को नहीं पता भाई तेरे भाई को खेलाना चाहता था मैं भार बट क्या करे यार कल कर मैं तेरा भाई थोड़ा सा लेट हो गया कोई बात नहीं अगले राउंड में खेलाऊंगा उसको और ये देखो के को मोहित जो दोहरा रहा है एकदम ओपी लेवल का और मेरा का इधर गेम प्ले मेरा को बहुत ज़्यादा डैमेज पड़ चुका है और फिर से मेरा आज गुलगल डालते हुए ओपी लेवल का मैच खेल रहे मेराज काफ़ी हद तक इनका गेम प्ले बहुत हार्ड जा रहा है अभी देखो महाराज एक बंदे को नहीं मेरे को लग रहा है डाउन करेंगे मगर वो बंदा बहुत शानदार तरीके से गेम प्ले करके ग्लूल डाल चुका है और मिस्टर विक्रम को नॉक कर दिया गया है यहाँ पे अभी देखो इधर से महराज बचा है सिर्फ अकेले और उधर से तीन बंदे बचे हुए हैं के जी और उसके बाद से प्रेम और उसके बाद से आसिफ बचे हुए हैं देखो आसिफ भी यहाँ पर दौड़ते हुए जा रहा है और देखते हैं आसिफ मार पाता है क्या आसिफ ने मार दिया एक बंदा ओपी लेवल का बोलते हैं मेराज को आसिफ ने मार दिया ओपी बोलते हैं भाई लोग ओपी बोलते हैं टैग कॉपी इन द चैट हैशटैग कॉपी इन द चैट लगा दो पब्लिक है चैट ये आसिफ भाई का गेम प्ले बहुत शानदार होते हुए आसिफ भाई का तीन किल हो चुका है और यहाँ अरसद भाई का जहां पे देखते हैं तो एक ही किल अभी और यहाँ पे प्रेम भाई का भी एक किल केजीएनएसएस का एक किल और इधर से नाइट भाई ऑफलाइन जा चुके हैं मेरे को ऐसा लग रहा है और इधर से मिस्टर विक्रम भाई जो है ओपी लेवल का सस्ता क्रिमिनल पहना कर आए हैं मगर बहुत शानदार लगता है ये भी क्रिमिनल और यहाँ पे पैसा ही पैसा दिखा रहे हैं मोट विक्रम भाई ओपी बोलते यहाँ पे बैट बॉय जा रहा है दौड़ते हुए मारने के लिए किसी बंदे को यहाँ पे ग्लुअल का स्प्रिंटिंग दिखा रहा है मगर क्या करें यहाँ पे नहीं दिखाना है ग्लूअल का स्प्रिंटिंग और ये लोली मोड दिखाते हुए इनका मैच हम सा लूज करते हैं और इधर से तन्मय गेम से बाहर जा चुका है मेरे को ऐसा लग रहा है तनमई गेम से बाहर जा चुका है और इधर काबिर सिंह जो है काबिर सिंह का स्प्रिंक्टिंग देखो काबिर सिंह ने एक बंदे को डाउन कर दिया है और दूसरे बंदे को भी अभी यहाँ पे डाउन करेगा मेरे को ऐसा लग रहा है और काबिर सिंह ने दूसरे बंदे को दूसरे बंदे को भी यहाँ पे उतर दिया बहुत सही अभी देखो यहाँ पे काबिर सिंह का गेम प्ले काफी हद तक अच्छा जा रहा है और मिराज का देखते हैं मिराज यहाँ पे लठ गार रहे हैं कोई सी बंदे को मार के भाई साहब क्या बोले लठ गार दे रहे हैं उनके छाती के ऊपर बहुत बढ़िया मोहित का गेम प्ले देखते हैं जहाँ तक का मोहित का भी गेम प्ले बहुत सही है और मोहित भी यहाँ से दौड़ते हुए जा रहा है तनमय को खत्म कर दिया गया तनमय गेम से बाहर जा चुका है और उधर से अकेले बचा है बंदा नाहिद जो गेम के अंदर आ चुका है कुछ भी नहीं है इसके पास ओपी बोलते इसको भी खत्म कर दिया गया और इधर से दूसरा राउंड भी होता है इधर से काबिर सिंह का मुझे तो लग रहा है जीरो इधर से हो ही जाएगा एक वर्सेस एक हो चुका है एक एक राउंड दोनों बंदों का हो चुका है कौन जीतेगा इस राउंड को काफी शानदार मैच होते हुए यहाँ पे भाई भी अपना काफी प्रदर्शन बहुत अच्छा दिखा रहे हैं और यहाँ पे आसिफ भाई जो है आसिफ भाई का तीन किल कोबरा एम फोर्टी के साथ के जी एन यहाँ पे दौड़ते हुए जा रहे है खेलने के लिए मगर क्या करे देखते हैं कौन जीतेगा इस राउंड को प्रेम जीरो प्रेम जीरो सेवन भी यहाँ पे दौड़ते हुए जा रहे हैं भाई सब ग्लुअल डाल के सारे ओपी लेवल का है। इनका ओपी बोलते, बोलते हैं प्रेम। प्रेम है। बस गेम प्ले देखते हैं इनका कैसा गेम प्ले जाता है और इसके अंदर एक बंदा है प्रेम इसको घेर चुके हैं अभी देखते है प्रेम क्या इसको मार पाएंगे और प्रेम यहाँ पे बहुत शानदार डेमेज दे के उसके बाद ग्लुअल डाल चुके हैं और ये बंदा ग्लूअल में पैक कर लिया खुद को अब प्रेम यहां से जा रहे हैं और यहां पे विक्रम भाई ने किसी को डाउन करके इमोट दिखाने के ट्राई बगैर इमोट दिखा नहीं सकते यहां पे मेडी कर रहे हैं विक्रम भाई का बहुत ज्यादा हेल्थ कम और विक्रम भाई यहां पे इमोट भी दिखाने लगे ओपी बोलते विक्रम भाई ओपी बोलते हैं किंग ऑफ विक्रम भाई हैश टैग ऑप काफी शानदार हो रहा है बेटबॉल बहुत शानदार खेलते जा रहे हैं यहाँ पे और बेट बॉय मेरे को ऐसा लग रहा है यहाँ पे जोन से डाउन होंगे मगर बच गए अभी देखते हैं पे यहाँ पे ओपी बोलते ओपी बोलते पब्लिक दो बर्सेज एक राउंड इधर से काबिर सिंह का दो राउंड उधर से अरसद भाई का एक राउंड क्या ही बोले आसिफ भाई और अरसद भाई का गेम प्ले देखते हैं कैसा है इधर से शिवरा भाई देखते है शिवराज सरवन भाई इधर सरवन भी भाई खेलते हैं काफ़ी ओपी मगर इनका गेम प्ले देखते हैं कैसा होता है मोहित भाई का गेम प्ले देखते हैं मोहित भाई मेरे को ऐसा लग रहा है क्या कर रहे हैं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा और इधर से तन्मय गेम से बाहर निकल गया है पता नहीं क्यों इसका कारण क्या है मुझे नहीं पता मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे इनका नेट चला गया होगा या फिर कुछ प्रॉब्लम की वजह से बाहर गेम थे बाहर और बेट बॉय भी यहाँ पे काफ़ी शानदार ग्लूअल डालते हुए ओप पी बोलते भाई लोग मैं बोलना चाहता हूँ भाई लोग अपना आप अपना, अपना नाम लिख के रखो भाई नाम में बहुत अच्छा होता है इधर से बेट बॉय विक्रम ऐसे क्या लिखते हो भाई अपना नाम लिखने से अपना नाम बनाओ अलग अलग नाम लिखने से कुछ नहीं होता भाई और इधर से अरसद भाई मेरे को ऐसा लग रहा है जहाँ तक पीसी को डाउन करने वाले आसिफ भाई है ये आसिफ भाई है एक जैसा नाम लिखे समझ वो पी बोलते आसिफ भाई ने बहुत सारा डैमेज दिया और आसिफ भाई ने यहाँ पे डाउन कर दिया है ऑफ भी बोलते है आसिफ भाई भाई है उधर से, से सस्ता क्रिमिनल मार के इनको डाउन कर दिया जिन, जिनका नाम है विक्रम विक्रम भाई ने मार को डाउन कर दिया आसिफ भाई को और इधर से अरसद भी यहाँ पे अरसद का मैच देखते है अरसद अरसद क्या करता है क्या अरसद किसी को मार पाएगा क्या अरशद अरशद अरशद अपना राउंड राउंड बचा पाएगा या फिर ये भी खो देगा? भाई भाई का गेम प्ले देखते हैं कैसा जाता है भाई ने दो किल करा है। क्या होगा इस बार क्या होगा भाई लोग क्या होगा कौन जीतेगा इधर से भी तीन बंदे इधर से भी तीन बंदे दोनों साइड से तीन बंदे ओपी बोलते हैं इधर से अरसद मेरे को ऐसा लग रहा है एक जाएगा अरसद बच गया अकेले नहीं यहाँ पे प्रेम भाई भी है जिसका प्रेम भाई को डाउन कर दिया उधर से तीन बंदे और इधर से चुका है बिक्रम भाई का और अगले राउंड के लिए सारे बंदे तैयार है ना अगले राउंड में भी कस्टम बनेगा दोबारा से कस्टम बनेगा अगले राउंड में दोबारा राउंड के लिए तैयार हो जाना सारे पब्लिक जितने बंदे लाइफ पे रहेंगे सबको तो सिस्टम खिलाएंगे इधर से देखते हैं अरशद भाई का गेम प्ले क्योंकि आसिफ भाई का गेम प्ले बहुत शानदार हो रहा है आसफ भाई बहुत खेल रहे हैं आसिफ भाई का और उसके बाद से ग्लू ग्लूल मारने का जो किल करने का स्प्रिंटिंग है वो भी बहुत सही है और इधर से प्रेम भाई भी है जो इधर काफी शानदार खेल रहे हैं प्रेम जीरो सेवन बोलते पब्लिक कोपी के जो है यहाँ पे देखते हैं क्या करते हैं डेजर्ट डेजर्ट ईगल लेके दौड़ रहे हैं मगर देखते हैं क्या होगा यहाँ पे ओपी बोलते मोहित का मोहित से इनका फाइट हो रहा है मेरे को ऐसा लग रहा है हाँ मोहित से फाइट हो रहा है और इधर से के दिए ने मोहित को डाउन कर दिया और यहाँ से किसी ने किसने डाउन कर दिया इसको अरसद ने भी उसको डाउन कर दिया ओ बोलते पब्लिक इनका एक टीम गया फिर उधर से भी एक टीम इनका गया बहुत बढ़िया भाई लोग ऐसा ही गेम प्ले होगा तो बहुत मजा आएगा गेम में और इधर से बेट बॉय बचाए और उधर से कौन बचाए देखते हैं जरा आसिफ आसिफरसे बैट बॉय बैट बॉय जीतेगा या आसिफ यहाँ पे ओपी बोलते आसिफ को किसी ने मार दिया ओपी वाला दियाट मेरे को लग रहा है जैसे कि काबीर सिंह ने मारा होगा क्योंकि काबिर सिंह हमेशा छत के ऊपर से मारते हैं और छत के ऊपर से सही में मार रहे हैं ये बंदे बंदेल भाई ओपी बोलते ओपी बोलते भाई ओपी बोलते काबिर सिंह हैश किसने मारा कोडरा केल बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया मेरे को बहुत पसंद आया भाई कोडरा किल ऐसे बोला भाई ओपी बोलते हैश कॉपी इन द कोड्रा किल, किल।, किल पब्लिक काफी शानदार है यहाँ पे गेम प्ले इनका काफी शानदार जा रहा है इन सभी बंदे का क्या ये बंदे मैच को जीतेंगे या फिर मैच को हार जाएंगे कौन जीतेगा इस राउंड को ओपी बोलते यहां पे प्रेम भाई का स्ट्रिंगिंग काफी हद तक शानदार था मगर पीछे से किसी ने मार दिया मेरे को लग रहा है ऐसा कि आसिफ भाई ने मारा है मगर आसिफ भाई तो यहाँ पे डाउन है और आसिफ भाई को यहाँ पे बैठ इमोट दिखा रहा है ओपी बोलते पब्लिक मेडिक करने के चक्कर में इमोट दिखा रहा है ये बंदा मेरे को लग रहा है कोई आके मारे जा रहे हैं पीछे से मारने के लिए और इधर से नाहिफ भाई को भी डाउन कर दिया गया इधर से शिवराज भाई जी मेरे को लग रहा है गया बच गया ओपी बोलते भाई लोग और यहाँ से ओपी बोलते यहाँ से बहुत खतरनाक फाइट मगर इधर से शिवराज अरे शिवराड्रा किल ओपी बोलते भाई बार बार कोडरा कौन कर रहा है इधर से ऐसा लग रहा है मेराज कोड्रा किल कर रहा है इधर से मेराज ही कोड्रा किल कर रहा है ओपी बोलता है बोलते हैं चैट भाई हैश टैग महराज ओपी इन द चैट कोडरा किल इधर से आसिफ भाई जो है इनका लग रहा है कि कुछ कुछ खूबी है मेरे को लग रहा है इधर से आसिफ भाई बहुत शानदार खेल रहे हैं मगर आसिफ भाई का इधर बहुत घटिया प्रदर्शन चल रहा है मगर बहुत सही खेलते हैं ये भाई गेम प्ले इनका बहुत हार्ड है इनका गेम प्ले देखने के लिए बड़े बड़े बंदे आते हैं और इधर से अरसद भाई ने दो किल करा है बस मात्र दो ही किल करा है और देखो इनका थोड़ा देखते हैड शॉड मार पाते हैं कि नहीं किसी को ये अरशद भाई के पीछे बंदे आ चुके हैं कौन क्या मार पाएंगे वो अरशद भाई को ओपी बोलते हैं है अरसदी इंदर चर्ट लगा अरशद के लिए काफी भागने का स्प्रिंटिंग बहुत सही है इधर इधर से से बेड किसी को डाउन करने वाला है बेड बॉय अब रस मारेगा यहाँ पे मेरे को जहां तक लग रहा है और रस भी मार दिया और यहाँ पे बंदे को डाउन करने से पहले बच गया मगर उसका भी बहुत ज्यादा डैमेज पड़ गया बेट बॉय का और इधर से प्रेम भाई यहाँ पे आ चुके हैं प्रेम भाई ऐसा लग रहा है जैसे मार ही देंगे सबको आसिफ यहाँ पे दौड़ते हुए जा रहा है क्या आसिफ मार पाएगा किसी को यहाँ पे काबिर सिंह भरसेस आसिफ भाई काबिर सिंह भरसेज आसिफ भाई आसिफ भाई का यहाँ फाइट चल रहा है काबिर सिंह से आसिफ भाई का फाइट चल रहा है काबिर सिंह से यहाँ पे और इधर से काबिर सिंह को ऐसा लग रहा है जैसा आ, काबिर सिंह को डाउन भी कर दिया गया है मुझे तो लगा था जोन से इसको हेलमेट करा जाएगा मगर यहाँ से तो डाउन कर दिया गया बहुत ओपी बोलते पब्लिक अभी देखो भाई यहाँ पे मात्र एक बंदा बचा था जिसको अभी मार दिया गया है एक लास्ट बचा है जो मिराज है मिराज का भी बहुत एच कम बचा है और ये देखो मराज भी गया और ये राउंड जाता है आसिफ के टीम का यानी अरसद भाई दोनों इधर से एक टीम है बहुत ओपी बोलते पब्लिक यहाँ से खेल रहे आसिफ भाई बहुत शानदार गेम प्ले आसिफ भाई का और इधर से प्रेम भाई का बहुत ओपी प्लेइंग जा रहा है सरवन भाई जो है इनका भी तीन किल हो चुका है और इधर से अरसद भाई का भी तीन किल के जी एन एस एस का भी दो किल और इधर से नाइक भाई का जीरो किल कौन जीतेगा इस राउंड को कौन कौन कौन जीतेगा जीतेगा जीतेगा पब्लिक इस इस राउंड राउंड को को भाई कौन जीतेगा पूरा मैच को कौन जीतेगा राउंड तो हटा ही दो मैच को कौन जीतेगा पूरा देखते हैं कौन जीतेगा तनमय इधर से गेम से बाहर जा चुका है जो की तनमय बहुत शानदार खेलता है गेम प्ले यहाँ पे काबिर सिंह को बहुत खास डैमेज पड़ा है सौ का डैमेज पड़ा इनको ए डब्ल्यू एम से किसी ने मार दिया उधर से यही च बंदा है मेरे को लग रहा है ए एम से निशा भिड़ाई निशानीबाजी करे जा रहे हैं भाई अभी देखो ये इनको डाउन करा जाएगा बहुत शानदार तरीके से फिर से डैमेज वो भी बोलते पब्लिक काबिर सिंह डाउन हो गए भाई काबिर सिंह बच गया फिर से बहुत हाल काबिर सिंह को यहाँ पे डाउन कर दिया जाएगा मेरे को लग रहा है काबिर सिंह डाउन भी हो चुका है ओपी बोलते पब्लिक और इधर से आसिफ़ भाई भी यहाँ पे अपना प्रदर्शन दिखा रहे हैं और ओपी बोलते पब्लिक हैश टैग कॉपी इन द चैट आसिफ भाई आसिफ भाई का नौ किल बस एक किल और चाहिए इनको दस किल करने के लिए और ये राउंड जाता है आसिफ भाई को और उधर से मराज भी है जिनका मराज का गेम प्ले बहुत अच्छा जा रहा है अट्ठारह किल के साथ और उसके बाद से काबिर सिंह भी आठ किल कर चुके हैं और मोहित जो है मोहित का अभी तक जीरो ही ओपी बिहारी ओपी ओपी बोलते भाई ओपी बिहारी भाई भाई भाई भाई तुम तो भाई भाई, भाई, तुम तो भूल गए हो को बड़े बंदे हो यार ओपी बिहारी बड़ा बंदा है भाई बहुत बड़ा बंदा है ओपी बिहारी ये बड़े बंदे आशी भाई है भाई का गेम प्ले बहुत शानदार है भाई ओपी बोलते पब्लिक आसिफ भाईट प्रेम भाई का गेम प्ले देख जरा प्रेम भाई का ओपी बोलते प्रेम भाई ओपी बोलते ऐसा ही गेम प्ले करना चाहिए बेजती ये इसको बेजती नहीं बोलते भाई इसको गेम प्ले बोलते हैं बेजती नहीं कर रहे भाई तुमको सच बता रहे भाई तुम बड़े बंदे हो भाई जितने भी बंदे हैं भाई साहब देखो इन इनका गेम प्ले इधर से विक्रम गेम से बाहर जा चुका है अकेले बेट बॉय बचा है और आसिफ भाई तो बहुत शानदार गेम प्ले करते हैं भाई और बेट बॉय का यहाँ को यहाँ को बेट बॉय को ले ली जाएगी मेरे को ऐसा जहां तक लग रहा है और बेट बॉय ने किसी को डाउन कर दिया और यहाँ पे बैट बॉय का ले ली गई और इधर से विक्रम विक्रम जो है इनका हेल्थ कटते हुए धीमे धीमे विक्रम भी गया चार आसिफ भाई का और पांच राउंड मेराज का बहुत ओपी गेम प्ले मेराज का हो रहा है किल के साथ अरे बिहारी भाई तुम लाइव नहीं आते हो कभी क्यों नहीं आते हो भाई बिहारी भाई लाइव आया करो यार तुम हम बहुत बड़े फैन है तुम्हारे यहाँ से आशिफ भाई दौड़ते हुए जा रहे हैं आसिफ भाई का किले बारह किल हो चुका है आसिफ भाई का और अरसद का किल चार ही किल अभी तक भाई साहब ये दोनों तगड़े भाई हैं और तगड़े गेम प्ले के साथ तगड़े भाई प्रेम भाई का गेम प्ले देखते हैं क्या प्रेम भाई ओपी खेलते हैं या बस यूही लहरा लहरा कर चलाते हैं काबिर सिंह बार बार ऊपर जा रहे हैं और ऊपर से उसके बाद से खेल रहे हैं भाई काबिर सिंह अगले राउंड से ऐसा नहीं करना है ठीक है और यहाँ पे आखिर भाई मेराज जो है महराज का बहुत खेल कम बचा है और जहां तक मेरे को लग रहा है महराज को भी मार दी जाएगी महराज भी वहां पर गुलबुल डाले जा रहे है और अरसदीवल पेवल छोड़ जा रहा है और यहाँ पे मेराज को मार भी दिया गया ओपी बोलते अरसद यहाँ पे लो लिमो दिखा गया है अरसद ओपी बोलते बोलते पब्लिक ओपी इंदर चैट लगा दो मेराज को यहाँ पे हरा दिया गया मेराज का 18 किल के उन्नीस किल हो गया है मेराज का और इधर से बेट बॉय बच्चा है एकदम अकेले बेट बॉय को यहाँ पे ले ली जाएगी और यहाँ पे बेट बॉय ने किसी को ले लिया जिसका नाम था क्या नाम था बेट बॉय किसको ले लिया यार अब पे भाई को बहुत शानदार तरीके से ले ली जाएगी अभी देखते हैं कौन मारता है बेड बाई को और इधर से आसिफ भाई जो है बहुत तगड़े प्रदर्शन के साथ आसिफ भाई ओपी बोलते भाई ओपी बोलते हेडशॉट ओपी इन देड शॉट आसिफ भाई ओपी इन देड शॉट लगाओ भाई इधर से इनके चार बंदे बंदे बचे हैं हैं और और ये और बंदे जो ये एक जो निकल चुके हैं क्रिमिनल क्रिमिनल बंडल बंडल जो है बिटवा निकल काहे गए हो तुम निकल काहे गए हो तुम मुझे समझ नहीं आ रहा इधर से पांच राउंड वर्सेज पांच राउंड कौन जीतेगा इस राउंड को भाई प्रेम भाई इधर आराम से बैठे पड़े हैं प्रेम भाई गेम से बाहर जा चुके हैं और ये काबिर सिंह और मेराज को भी फिर से मार दिया गया काबिर सिंह अकेले पड़े हैं देखते हैं क्या होता है काबिर सिंह के साथ बेड बॉय जो बेड बॉय बहुत अच्छा खेलते हैं यहाँ पे बेड बॉय को धोरा के ले ली जाएगी मेरे को ऐसा लग रहा है बैट बॉय को बहुत तेज़ी से दोहराया गया मगर बैट बॉय यहाँ पर ग्लू डाल के यहाँ पे एकदम से अपने आप को पैक कर लिया है और इधर से आसिफ भाई का गेम प्ले देखते हैं आसिफ भाई एक ब्लू चोर रहे हैं और ब्लूगल को छोड़ भी दिया आसिफ भाई का गेम प्ले बहुत शानदार है यहाँ पे अरसद का देखते हैं अरसद कहाँ गया अरसद भाई यहाँ पे रहने से अच्छा है छत के ऊपर चले जाओ ओपी बोलते हैं इधर से फिर से मैच जीत गया आसिफ भाई का टीम अरसद भाई का टीम इधर से ओपकी फिर से जीत गया देख कौन जीतेगा पूरे राउंड को कौन जीतेगा भाई साहब पूरे राउंड को कौन जीतेगा पब्लिक पब्लिक पब्लिक पब्लिक लगा दो पुब्लिक, बोलते पुब्लिक, ओपी बोलते ओपी इधर से जो है काफी शानदार तरीके से दौड़े जा रहे हैं और इधर से फ्रेम भाई भी है दौड़े जा रहा है बंदे को मारने के लिए कल दस बज के मिनट से लाइव स्ट्रीम होगा आज तो बहुत लेट हो गया भाई लोग इसीलिए आज इस वक्त अगर आ रहे हैं नहीं तो दस बज के मिनट से होता है लाइव स्ट्रीम डेली और सद ने डाउन कर दिया उसको नूबड़े बंदे को जो गेम से बाहर जा चुका था कोई बात नहीं सरवन भाई जो है सन भाई ने एक बंदे को मारा है और वो बंदा पेक करके खुद को बैठा हुआ है और मेरे को लग रहा है इसके जाने की कोशिश मगर असफल हुए आज अब देखो इधर से बेड बॉय के मारेगा मेरे को ऐसा लग रहा है बंदे को और यहाँ पे बेट बॉय को भी डाउन कर दिया गया है और मेरा से आसिफ और अरशद जो है इनको रिमोट दिखाएंगे ऐसा लग रहा है मेरे को और रिमोट दिखा भी रहे हैं और ये राउंड जीतते हुए एकदम अरसद भाई का टीम ओपी बोलते पब्लिक अब अगले कस्टम के लिए फिर से तैयार हो जाए अगले कस्टम फिर से फिर से कस्टम बनेगा अभी दोबारा से कस्टम बनेगा अभी सारे बंदे फिर से लाइफ पे आएंगे फिर उसके बाद दोबारा कस्टम बनेगा अभी अभी इसको इस हम ज़रा इस कस्टम को काट देते हैं दोबारा से फिर से कस्टम बनाएंगे अभी जब तक बंदे को आ जान दो इधर से मेरे को कौन रिक्वेस्ट भेज रखा है नूबड़े अकाउंट पे मोहित भाई विक्रम सारे बंदे इधर से भेज रखे हैं रिक्वेस्ट भाई साहब ये हमारा नूबड़ा अकाउंट है भाई नूबड़े अकाउंट पर रिक्वेस्ट नहीं भेजना चाहिए भाई लोग ये रहा हमारा पी प्लेयर जो आज ऑनलाइन नहीं है दो दो पी प्लेयर थे जो दोनों बंदे आज नहीं आए हैं काफी बंदे आज नहीं आए हैं भाई लोग friends, अभी दोबारा कस्टम बनेगा देखते हैं सारे बंदे पहले आ जाए उसके बाद फिर दोबारा कस्टम बनेगा अभी कस्टम को क्रिएट करा जाए भाई लोग फिर से भाई लोग अभी देखो क्या होता है अभी देखो फिर से दोबारा कस्टम क्रिएट करेंगे चुप। मैं आ गया कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब कोई दिक्कत नहीं है भाई भाई बाय मेरा बैटरी लो है कोई बात नहीं भाई कोई दिक्कत नहीं है रुको सबर करो गेम प्ले फिर से कस्टम बनेगा अभी फिर से कस्टम बनेगा कोई दिक्कत नहीं है भाई कोई दिक्कत नहीं है रुको फिर से दोबारा कस्टम बनेगा अभी अभी इधर से हमारा कुछ कलेक्शन तो बहुत कम है मगर देखते हैं चार हजार गोल्ड में क्या मिलता है हमको इधर से कुछ परचेस कर लेते हैं भाई हम भाई लोग जो नहीं जानते उनको बता दे इधर से कैरेक्टर कैरेक्टर बोल रहे हैं वो जो था ऋतिक रोशन का कैरेक्टर उसको रिमूव कर दिया गया है ऋतिक रोशन को कैरेक्टर को रिमूव कर दिया गया जल्दी बनाओ मेरा भी बैटरी लो है रुको भाई सबर करो बनाएंगे अभी दोबारा से बनाएंगे रुको जरा सबर करो रुको भाई सबर करो अभी कस्टम दोबारा बनेगा भाई लोग तो यहाँ से इसको परचेस करते हैं और इसके अंदर कोई एक्टिव स्किल डाल देते हैं इसको डाल के और इसको मैक्स करते हैं मैक्स तो नहीं हो सकता हमसे क्योंकि इस आई में सस्ता नशा वाला बंडल है एमडी भाई पहचाना न्यू शॉर्ट्स भाई मैं नहीं पहचाना भाई नाम तो बता दो यो क्या है रे बग्गे सा कौन से ये देखो यहाँ पे तन्मय आ गया है तन्मय तन्मय को बुलाते हैं नवाजिस सू में अरे नवाजिस भाई तुम ही हो क्या मुझे नहीं पता था यार बहुत बढ़िया नवाजिस भाई अगर कस्ट अभी लाइव स्ट्रीम को तुमने लाइक नहीं करा लाइक कर दो जल्दी से जल्दी भाई जल्दी यार अभी रुको फिर से दोबारा कस्टम बनेगा अभी कस्टम बनेगा जल्दी से फिर दोबारा कस्टम बनेगा भाई अभी देखो दोबारा कस्टम बनेगा नवाजीस भाई मैं कह रहा हूँ यार तुम कस्टम खेलोगे तो अभी बता दो तो, कस्टम मैं अभी बनाऊंगा फिर से दोबारा से कस्टम बनता है डेली दस तीस से कस्टम बनाता होगा मगर आज थोड़ा लेट हो गया है दस बज के तीस मिनट से कस्टम बनता है डेली मगर आज बहुत लेट हो गया शाम को वीडियो बनाएंगे हाँ भाई शाम को वीडियो बनाएंगे भाई मैं तो डेली वीडियो बनाता हूँ यार हाँ खेलूंगा रुको भाई अभी मैं बना रहा हूँ और रूम आईडी पासवर्ड दूंगा सारे बंदे के सारे सारे आ जाना जिनको खेलना होगा लाइव स्ट्रीम से जितने बंदे आएंगे उनको ही खेलाएंगे बस कोई किसी को इन्वाइट नहीं करेगा पहले बता दे रहे भाई लोग अभी रुको रुको भाई भाई तो तो भाई बना लो, अभी बना लो यार कस्टम क्रिएट करने जा रहा हूं मैं अरे नवाजिस भाई चार पहले छह बंदे वाला करके चार बंदे का लास्ट में कर सकते हैं क्या हम पासवर्ड रुको पासवर्ड टालेंगे बिना बत... पे लिमिट है कैरेक्टर स्किल को भी नो कर देते हैं हम और ये हमारा कस्टम बन चुका है फिर से दोबारा मुझे इनवाइट करना नवाज नवाजिस भाई मैं कैसे इनवाइट कर सकता हूं यार नुरशेद कहिए नुरशेद अभी लाइव पे बने रहो भाई भाई बने हैं नूर्शेदी है, की बात है भाई। अच्छा भाई तो अभी मैं तुमको वो कर रहा हूँ रुको कोई बंदे के पास रिक्वेस्ट भेज दो लाइव स्ट्रीम पे बने रहो या फिर देखो भाई मैं बता रहा हूँ किसी बंदे के पास रिक्वेस्ट भेजो क्योंकि ये मेरा नूव अकाउंट है यार मैं अभी एक बंदे को बुला रहा हूँ तुम उसके पास रिक्वेस्ट भेज देना ठीक है गेम के अंदर जाके यहाँ पे नोट नुर्शेद के जी नुर्शेद भाई अभी मैं देखो रूम आईडी बता रहा हूँ रूम आईडी लिखो पैंतालीस पैंतीस जीरो एक एक सौ तेईस जीरो एक सौ तेईस सुहेल सुहेल भाई रुको बस रुको भाई मैं एक बंद बन, एक बंदे को दे रहा हूँ रुको एक बंदे को दे रहा हूँ एक बंदे को इधर से एक बंदे को इधर से बुला दे रहा हूँ तुम रिक्वेस्ट भेज दो जाके ये तुमको इनवाइट कर देगा अबे पासवर्ड भाई नवाजिस भाई पासवर्ड बस एक है पासवर्ड बस एक है जल्दी से तुम ज्वाइन हो जाओ फिर सारे बंदे को फिर से ऑब्जर में डाल के फिर से डालेंगे भाई सबको रूम आईडी लिखो पैंतालीस पैंतीस जीरो एक सौ तेईस पैतालीस पैंतीस रूम आईडी लिखो पैंतालीस पैंतीस जीरो एक भाई पैंतालीस पैंतीस जीरो एक रूम आईडी लिख लिया क्या सारे बंदों ने नवाज नवाजिस भाई आ जाना तुम भी और किसी को इनवाइट मत करना नवाज नवाजिस भाई यार मैं अपने बंदे को बोल रहा हूँ पासवर्ड पूछ रहे हो भाई पासवर्ड बता रहा हूँ भाई रुको सबर करो टेंशन मत लो भाई लोग टेंशन मत लो <laughs> भाई रुको सारे बंदे को अभी खिलाएंगे हम नवाजिस भाई उधर के साइड तुम चले जाओ यार भाई साहब देखो अभी बुलाने वाले हैं और बंदे जो भी आना चाहते हैं भाई आजा मैं तो तन्मय यू ही इनवाइट कर दे रहा हूं दोस्त आजा आजा आजा आजा तन्मय हाजा क्या बोलते तन्मय क्या बोलते पब्लिक पब्लिक क्या बोलते कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब देखो भाई भाई रूम आई डी रूम आई लिख लो रूम आई लिख लो सारे बंदे मैनू कह रहा है रूम आई लिख लो भाई लोग रूम आई लिख लो अभी भाई साहब देखो नवाजीस भाई का गेम प्ले बहुत हार्ड है इधर से नवाजीस भाई गेम प्ले बहुत अच्छे करते हैं भाई नवाजीस भाई का गेम प्ले कतई हार्ड है नवाजीस भाई का गेम प्ले बहुत हार्ड है नवाजीस भाई का 10000 लाइक कंप्लीट भी हो चुका है देखते हैं इनका हेडसोट रेट तीस तो का है भाई वाजिस भाई, भाई, <laughs> भाई रुको सबर करो भाई लोग सबर करो पासवर्ड भाई पासवर्ड अभी तो बताया भाई सबको तो पासवर्ड अभी मैंने बताया किस किसने नहीं लिख रखा है भाई पासवर्ड किसने नहीं लिख रखा है ये बताओ पहले पासवर्ड एक है पासवर्ड एक है पासवर्ड एक तो भाई किसी को ऐड मत करो यार किसी को ऐड मत करो तुम लोग किसी को ऐड मत करो नूबड़ो एड मत करो किसी को ऐड मत करो जो बंदा लाइव से आएगा उसी को खेलाएंगे नहीं तो और किसी को नहीं भाई लाइव से जो आएगा वो खेलेगा और एक बंदा आ जाए एक और बंदा तन मैं भी आ गया और इधर से ये बंदा आ गया तन मैं तू अपने भाई को उस साइड भेज बहुत बढ़िया इस बार खेलना भाई से मेरा भाई बहुत हार्ड खेलते है नवाजिस भाई का भाई भाई का गेम प्ले बहुत ओपी लेवल का गेम प्ले है भाई साहब देखो भाई कितने बंदे हो गए एक दो तीन चार चार बंदे इधर से तीन बंदे उधर से और बंदे को आ जाने दो तो। बोल रहे तुम प्रो अरे आसिफ को कौन बुला रहे अबे? मत बुला अबे? नुबड़े, मत बुलाओ किंग कौन है भाई ओपी किंग कौन बुला रहा है भाई गे गा गा गे? भाई किसी को मत बुलाओ जो बंदे लाइव आएंगे वही खेलेंगे और कोई नहीं खेलेगा भाई लाइव से जो आएंगे वही खेलेंगे बस अबे ये कौन आ गया मेरा मेरा कद्दू बुला रहे हो भाई सब लोग ना ना ना ना ना ना सब भाई जो लाइव आएंगे वही खेलेंगे लाइव पे आज जाओ तेरा बाप भाई इधर से अलोन भी आ चुका है भाई क्या बोल रहे हैं मत बुलाओ किसी को मत बुलाना कोई ठीक है ओपी बोलते हैं ओपी इन दैट जो कस्टम खेलेगा जल्दी से जल्दी रूम आईडी लिखो पैसा भाई, भाई एक और अंदर लाइव से आ जाए अबे कौन बुला रहा है भाई कौन बुला रहा है कौन बुला रहा है इन लोगों को प्रेम को कौन बुला दिया यार प्रेम भाई लाइव से जो आएगा वही खेलेगा बस लाइव से जो आएगा वही खेलेगा अबे ये कौन है क्या किंग है अभी भाई किसी को मत बुलाओ अबे कौन बुला रहा है भाई अब मुझे किक करना पड़ेगा भाई अब मुझे खामा खा किक करना पड़ेगा एक और बंदा जल्दी से जल्दी कोई आ जाओ लाइव स्ट्रीम से जो बंदा आना चाहता है वो आ जाओ जल्दी नहीं तो लोग तो इधर से हम ही रह रहके खेल लेंगे से। चार बंदे और तीन बंदे भाई क्या हो रहा है अरे रुको एक बंदे को अपने गिल से इनवाइट करता हूँ मैं एक बंदे को अपने गिर से इनवाइट करता हूँ अभी कोई बंदा नहीं आ रहा लाइफ से तो एक बंदे को अपने गिर से इनवाइट करता हूँ मैं अभी भाई लोग ओपी बोलते चैट रुको अभी ये स्टार्ट होगा एक और बंदा को बस बुला ले कुछ ओपी बोलते है पब्लिक ओपिन चैट अभी एक बंदे को हम बुला रहे हैं रुको सुहेल नूब लिख रहा है अपने आप को सुहेल नूब भे क्या चलो बहुत बढ़िया खुद को नूब बोलने में बहुत अच्छा लगता है भाई दो जी बी रैम प्लेयर है बता रखा है अपने बायो में दो जी बी रैम प्लेयर भाई किसी को खेलना है तो जल्दी बता दो लाइफ पे जल्दी बोलो किसी को खेलना है कस्टम तो जल्दी बोलो जल्दी बोलो किसी को खेलना है तो बोलो नहीं खेलना है तो हम स्टार्ट करेंगे भाई अभी ये स्टार्ट कर देंगे अभी कस्टम स्टार्ट करेंगे अब कस्टम को स्टार्ट करेंगे कस्टम को स्टार्ट करेंगे भाई लोग अभी कस्टम को स्टार्ट करेंगे अब हम अब स्टार्ट स्टार्ट कर रहे है भाई लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं हम गेम स्टार्ट ओके सारे बंदे बोल चुके हैं स्टार्ट अब स्टार्ट कर रहे हैं हम सारे बंदे गेम को बस स्टार्ट कर दिए तन्मय इधर से दौड़ते हुए जा रहा है देखते हैं तन्मय किसी को मार पाएगा नुबड़ा पहले वाले राउंड में निकल गया था क्योंकि ये नुबड़ा है इसीलिए और तन्मय की अब बेजुती पे बेजीती करेंगे हम मगर फिर भी तन्मय बहुत प्रो प्लेयर है यार देखो इसका हेल्थ बहुत कम है फिर भी ये दौड़ा के मारेगा देखो अभी क्या होगा यहाँ पे ये देखो तन्मय ने मारा बहुत अच्छा खासा डैमेज देने की कोशिश मगर अफसोस तन्मय को किसी ने डाउन कर दिया जिसका नाम है नवाजिश सारे बंदे को अकेले लेके फाड़ देगा मेरे को ऐसा लगता है नवाजिस का गेम प्ले बहुत शानदार मेरे को लगता है देखो नवाजिश का गेम प्ले यू लहरा लहरा के मारता है जब तक उसको कोई पीछे से नहीं मारता तब तक, तक वो नवाजिश मरता नहीं है कौन जीतेगा भाई लोग मैच को कौन जीतेगा यो देखो नवाजी का गेम प्ले यो देखो भाई बोलते दे पब्लिक नवाजिस का गेम प्ले मेरे को बहुत हार्ड लगता है नवाजिस ये देखो नवाजिश के मारेगा सारे बंदे को और यहाँ पे नवाजिश को पीछे से मारने की को कोशिश नवाजिस अकेले बचा है उधर से तीन तीन बंदे जो छत के ऊपर से कौन मार रहा है भाई लोग और ये देखो नवाजीस ने किसी को डाउन कर रखे खत्म भी कर दिया और इधर से नवाजीस बचा नवाजीस को नवाजीस ने मार दिया एक और बंदे को और ये देखो अकेले बंदे बचा है जो छत के ऊपर से मारने की कोशिश नवाजीस को मगर देखते हैं क्या नवाजीस को मार पाएंगे ये बंदे या फिर बस मर जाएंगे नवाजीस को मार पाएगा ये बंदा या मर जाएगा नवाजिश देखते हैं नवाजिश का हेल्थ बहुत कम है गोपी बोलते नवाजिश को एक भी गोली सटेगी नवाजि ख़त्म हो जाएगा ये देखो ये देखो नवाजिस क्या कर रहा है नवाजिस गलती कोई मत कर भाई वो छत के ऊपर से खुद कूदेगा बंदा नवाजिश यहाँ पे नवाजिश को मार दिया गया नवाजिश बहुत चुदर बुदर करते हुए नवाजिस को यहाँ पे मार दिया गया बहुत बढ़िया नवाजिश तो यहाँ पर भाई लोग भाई नवाजिश तो यहाँ पर कुछ नहीं करता तो खुद वो बंदा मर जाता क्योंकि तेरा गेम प्ले मेरे को बहुत अच्छा लगता है नवाजिस का गेम प्ले बहुत हार्ड लगता है इसलिए नवाजिस को अभी लाइक करते हम चलो सारे बंदे को पहले लाइक कर और यहां पे मैंने सबको लाइक कर दिया अब ये देखे हैं कि क्या होता है नवाजिश कैसा गेम प्ले करता है इधर से बेड बॉय का गेम प्ले देखते हैं पहले बेड बॉय कैसे खेलता है अभी देखते हैं इस बेड बॉय को हटाओ पहले भाई ये देखो ये कैसा खेलता है भाई भाई देखो मेरा देखो मेरा दौड़ते हुए जा रहा है महराज को मेरे को लगता है, प्रो है मगर इधर से नूबो की तरह खेलते हुए जा रहे हैं ये देखो मिराज अभी लठगारने में बिजी है तब तक इनको कोई पीछे से मार ना दे भाई महराज देखो ओपी बोलते आर्मी में जाना है क्या आर्मी में बहुत बोली हो गया भाई जाके लड़ो तुम्हारा मैच ही नहीं देखना भाई हटाओ भाई मेरा को ईस्ट देखता है देखते भाई ये ग्लूअल पार्क कैसे कर दिया अरे ओ भाई ये क्या खेल रहा है भाई और इधर से नवाजिश जो है इधर से बहुत तगड़ा गेम प्ले और ये बंदा खत्म और इधर से मिराज का हेल्थ बहुत कम है और नवाजीस को मेरे को लगता है मैं नवाजीस को डाउन कर दिया गया है मिराज ने नवाजीस को डाउन कर दिया और यहाँ पे नवाजीस ख़त्म हो गया ये नेसेस जो है देखते हैं क्या मार पाते हैं बंदे को भाई कौन जीतेगा इस राउंड को तो पहला राउंड को तो, तो जीत चुका है इधर का टीम कौन जीता भाई पहला राउंड का हुआ था दूसरा राउंड नवाज <ंबिन> जिसके साइड से हो गया यानी तन्मय तनमय दूसरा दीएग राउंड जीत चुका है एक राउंड भरसेस एक राउंड हो चुका है कौन जीतेगा पूरे राउंड को कौन जीतेगा कौन जीतेगा पूरे राउंड को पूरे राउंड को कौन जीतेगा भाई साहब देखते हैं नवाजिश का गेम प्ले अभी नवाजिस को मिल चुका है दो नली का शोटगन नवाजिश दो नली शोटगन बहुत शानदार चलाता है ये देखो नवाजिश दौड़ते हुए जाता है क्या बंदे मार पाएंगे और ये बंदा जो नूब था नूबड़ा निकल गया भाई साहब नींब इसीलिए मैं सारे बंदे को नूब बोलता हूँ गेम से निकल जाता है ये तनमय का गेम प्ले बहुत देखते हैं क्या तनमय अच्छा से खेलता है या फिर तनमय मर जाएगा दोबारा से ये देखो तन्मय दोरा दोरा के दौड़ते हुए जा रहा है। ये देखो तन्मय ने एक बंदे को मार दिया ऐसा लग रहा है मगर तन्मय ने मार नहीं पाया क्योंकि उसने ग्लूल डाल दिया अब वो ग्लू डाल के मेडी करेगा तन्मय ग्लूवल तोड़ रहा है और ग्लूवल तोड़ के बहुत ज्यादा डैमेज रहेगा तनमय इसको खत्म भी कर दिया ओपी बोलते हैं का भाई जो है तनमय का भाई खुद से डाउन हो गया है पता नहीं कैसे डाउन हो गया और इधर से अकेला बेड बॉय बचा है और इधर से से तीन बंदे बंदे बचे हैं। बेड बॉय ने एक डाउन बंद, मतलब गेम से बाहर जाने वाले बंदे को ही खत्म कर और यहां पे बेड बॉय को मार डाला तनमय इज द ओपिन दैट तनमय ओपिन द चैट दो राउंड हो चुका है तनमय का और एक राउंड हुआ है भाई का अपने यानी तनमय का भाई का तनमय का भाई भी उधर से और तनमय इधर से एंटी के साइड से खेल रहे अंदर आया भाई ऐसा लग रहा है गेम से बाहर जा चुका है अब गेम से बाहर जा चुका है तनमय का भाई और उधर से एक बंदा गेम से बाहर इधर से भी एक बंदा गेम से बाहर इसका मतलब थ्री वर्सेस थ्री हो रहा है अभी थ्री वर्सेस थ्री नहीं ये बंदा गेम के अंदर आ चुका है मगर इसका हेल्थ हे, क्या है? और इसको डाउन कर दिया किसी ने ओपी बोलते है नवाजिस यहाँ पे खड़े हुए खड़ा सिंह के तरह नवाजिश दौड़ाने जा रहा है अभी बंदे को मार पाएगा क्योंगे? ओपी बोलते नवाज है नवाजिस मारता है नवाजिस बहुत गेम प्ले है इनका और यहाँ पे नवाजिश बहुत ज्यादा डैमेज खा चुके हैं और ये करेंगे अभी यहाँ पे जब तक हम दूसरे बंदों का गेम प्ले देखते हैं इधर से का भी बहुत ज्यादा हेल्थ कम था और यहाँ पे बेट बॉय है मेराज को मार के ही मोड दिखा रहे हैं बेट बॉय का भी ये देखो बेट बॉय ने मार दिया है और मार के ही दिखा रहे हैं ओपी बोलते भाई ओपी बोलते पब्लिक ओपी इन द चैट यहाँ पे लोली मोड दिखा लिए हो अब यहाँ पे भर गया हो तो साइड हटो मेराज को यहाँ पे लोली मोड दिखाया जा रहा है ओ बोलते और इधर से नवाजिस भी बहुत कोई कम नहीं है नवाजिश का भी गेम प्ले बहुत शानदार है और इधर से अकेला ये बंदा बचा है यहाँ पे आराम से बैठा हुआ है और मेराज को ये दिखाया जा रहा है फाइट नहीं ले रहा है कोई बंदे से ओपी बोलते नवाजिस भाई इसको मार देंगे शायद से और इधर से बैट बॉय ने मार दिया उसको दो वर्सेस दो दो राउंड वर्सेस दो राउंड दो दो राउंड का टक्कर हो दो राउंड का टक्कर क्या होगा दो दो राउंड का टक्कर होगा है यहाँ पे कौन जीतेगा राउंड को कौन जीतेगा इस राउंड को कौन जीतेगा पूरे राउंड को कौन जीतेगा कौन मुझे तो लग नहीं रहा कि कोई बंदा इधर से शानदार खेल रहा है इधर से मेरे को गेम प्ले लग अच्छा लग रहा है इसका नवाज का और इधर से गेम प्ले मेरा का भी गेम प्ले बहुत सही है नवाज को मार दिया मेराज ने ओपी बोलते वो बड़ा एम लेके नवाजिस को मार दिया गया मेरा को इधर और उधर से तनमय भी खत्म हो चुका है तनमय का भाई गेम से बाहर जा चुका है और बेट बॉय अकेले है जो बेट बॉय भी गेम से क्या बोलते हैं बेट बॉय को मार दिया गया है पे और ये राउंड भी जीत गया इधर से किसका तनमय का टीम ये राउंड भी जीत गया तीन राउंड दो राउंड कौन जीतेगा पूरा राउंड राउंड और मोहित है? मोहित मोहित है तो गेम से बाहर जा चुका था भाई एक मोहित खेला उसके बाद से वो बाहर चला गया मोहित एक राउंड खेल के बाहर जा चुका था मोहित गेमिंग में अपना नाम बनाओ और नाम कमाओ भाई गेमिंग बनाओ अपना और और और इधर से से से नवाज जिस दौड़ते हुए जा रहे हैं ये है है। ये बंदा बंदा कौन है है है पे डाल के के हट रहा भाई देखो भाई इनका दिमाग देखो ये पीछे से लकड़ बग्गे सा जा रहे है भाई और इधर से इनका एक बंदा गेम से बाहर है इधर से इन मेरे अबे ये क्या कर रहा है बे तनमय का भाई इसका नेट स्लो चल रहा है भाई लोग इसका नेट स्लो चल रहा है मेरे को ऐसा लग रहा है देखो कितना तेजी से दौड़ रहा है मगर निकल नहीं पा रहा गेम से बाहर ये देखो भाई साहब ये गेम से बाहर जा चुका है ये बंदा अबे भाई क्या हो रहा है इसके साथ गेम से गेम के अंदर अभी आया ओ भाई ये क्या हो रहा है इसका बहुत ज्यादा नेट है चलो कोई ना देखते हैं दूसरे बंदे का मैच इधर से बॉल को डाउन कर दिया गया नवाजिश यहाँ पे खड़ा हुआ है एकदम नवाजिश मैदान में अभी उतरेगा और हेड पे हेड मारेगा तनमय छत को ऊपर है और नवाजिश यहाँ पे नीचे और यहाँ पे एक बंदे को फिर से नवाजिश ने मारा मगर अफसोस की नवाजिश ख़त्म नहीं कर पाया और तनमय को यहाँ पे मार दिया गया बहुत शानदार तरीके से तनमय के भाई ने तनमय को मार दिया ओपी बोलते तीन तीन राउंड हो चुका है इन सारे बंदे का तीन तीन राउंड हो चुका है भाई लोग तीन तीन राउंड हो चुका है कौन जीतेगा पूरे राउंड को और ये अचानक से हेलमेंट हो गया ओ भाई क्या हो गया इसके साथ मगर कोई बात नहीं क्योंकि इस इधर से भी इनका एक बंदा गेम से बाहर जा चुका है जो ये बंदा है ओपी बोलता है ये बंदा गेम से बाहर है क्या खेल रहा है यार ये बंदा अभी इसका मराज का गेम पहले देखते हैं मराज भी एकदम शानदार नूगड़ों की तरह खेल रहा है मगर नवाजिश के साथ इसका पंगा पड़ा है नवाजिश बहुत ओपी खेलता है और ये मराज को बहुत ज़्यादा डैमेज दे मिराज को बहुत ज़्यादा नवाजिश ने डैमेज दे दिया अभी नवाजिस यहाँ पर क्या कर रहा है मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है को ग्लू तोड़ के मार देना चाहिए मगर मार नहीं रहा है नवाजिश क्या कर रहा है ये और यहाँ पे मेरा आज ग्लूअल डालते हुए पीछे के साइड जा रहे नवाजीस देखो यहाँ पे आराम से बैठा हुआ है ओपी बोलते हैं नवाजीस का नवाजीस गेम से बाहर जा चुका है और ये बंदे इनका फायदा उठाते हुए इनको खत्म कर दिया नवाजीस को इन बंदों का सड़म नहीं आ रहा भाई साहब गेम से बंदा बाहर गया है फिर भी मार दे रही है इनको मगर कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई दिक्कत नहीं है नो नो प्रॉब्लम टेंशन पूरे राउंड को कौन जीतेगा चार राउंड हो चुका है तन्मय का टीम का मिराज का आठ किलिद का नाहिद भाई का भी आठ किल उधर से ये बंदा गेम से बाहर जा चुका है तनमय का दो किल बस दो किल और बॉय का भी इधर से नौ किल हो चुका है और इधर से ये भी बंदा गेम से बाहर है नवाज जिस भी गेम से बाहर है ओप भी बोलते भाई नवाज जिस गेम से बाहर गया और ये इधर से दो बंदे बचे हैं भाई देखो कौन जीतेगा राउंड को पूरे राउंड को कौन जीतेगा कौन जीतेगा पूरे राउंड को भाई लोग कौन जीतेगा पूरे राउंड को कौन जीतेगा भाई साहब कौन जीतेगा पूरे राउंड को अभी ये बंदे को खत्म कर दिया गया है यहाँ पे ओपी बोलते हैं यहाँ पे बेट बॉय अकेले बचा हुआ है दुवो दुवो का मगर इनका एक बंदा ये देखो क्या कर रहा है और ये तन्मय यहाँ पे मोड़ दिखा रहा है अभी ओपी बोलते भाई ये क्या कर रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा तनमय क्या कर रहा है और तनमय इसको खत्म कर दिया ओपी। पी तनमय का यहाँ पे बहुत शानदार परफॉर्मेंस है मगर क्या करे तनमय का भाई यहाँ पे डाउन हो चुका है मतलब इसका मतलब उनका नेट ही डाउन हो चुका है पोपी बोलते भाई ये बंदा गेम से बाहर जा चुका है नवाजीस पता नहीं क्या प्रॉब्लम है ये भी बाहर चला गया यहाँ पे केजीएन एसएस और बेट बॉय बचे हैं देखते हैं जीतेगा पूरे राउंड को तन्मय का छः राउंड हो चुका है और तन्मय यहाँ पे दौड़ते हुए एक बंदे को खत्म कर दिया और यहाँ पे मिराज जो है देखते हैं मिराज किसी को मार पाते हैं कि नहीं यहाँ पे लठ में बिजी है इसीलिए इनका मैच नहीं देखते हैं हम क्योंकि ये नुबड़ों की तरह ही दिखाने चल पड़ते हैं फिर भी यहाँ पे आर्मी के सेना बनने की कोशिश मगर असफल करे तो करे क्या इन नूबड़ों को हम समझाए तो समझाए कैसे और इधर से तन्मय का भाई पीछे से दौड़ते हुए जा रहा है उधर से मेरा आ जाएगा और देखेगा वहां पे मार देगा मुझे पता था क्योंकि ये नूबड़ों कोई ही मारते है अक्सर कॉपी बोलते पब्लिक कॉपी बोलते पब्लिक यहाँ पे ये बंदा जो है यहाँ पे यहाँ पे, हां पे हां, इसको डाउन कर दिया गया मिराज बचा है अकेले उधर से बेट बॉय और केजीएनएसएस दोनों एक साथ बेट बॉय को डाउन कर दिया गया केजीएनएसएस जी बचाए अकेले क्या केजीएनएसएस मार पाएगा उसको जल्दी जाके चाहे तो यह मार सकता है मगर ये क्या कर रहा है भाई कौन सी दुनिया में डूबे हो भाई कौन सी दुनिया में तुम डूबे हो और यहाँ पे ओपी बोलते है महराज ने फिर से मार दिया राउंड हो गया इसका ओपी टॉपिक बहुत कमाल जा रहा है भाई टॉपिक बहुत कमाल शानदार जा रहा है बहुत उत्तम अति उत्तम उत्तम अति उत्तम भाई उत्तम अति उत्तम बहुत बढ़िया बहुत शानदार गेम प्ले हो रहा है यहाँ पे और इधर से तनमय का भी गेम प्ले देखते है बैट बॉल अकेले बच्चा है और ये बंदा इस बार लगता है इसका नेट आ चुका है तन्मय के भाई का ओपी बोलते हैं दोनों हाथ में शॉटगन लेके दोनों गोड़ से दौड़ते हुए जा रहे हैं और दोनों हाथ को छोड़ दिए पीठ पे शॉटगन लेके दौड़ते हुए जा रहे हैं क्या ये मार पाएंगे भाई क्या ये मार पाएंगे किसी बंदे को या फिर बस ऐसे ही ओपी ओपी देखते हैं क्या मार ओपे ग्लूअर डालना भी सीख रहे हैं क्या ये ओपी बोलते मेरे को लग रहा है इनका भी गेम प्ले बहुत शानदार है मगर ओ भाई इनका गेम प्ले अभी ये क्या हो रहा है भैया ये क्या हो रहा है मैंने क्या देख लिया ओ भाई ओपी भाई साहब ये ग्लूबल के अंदर से बाहर जा रहे हैं और चार राउंड हो चुका है उन लोगों का इधर से छ राउंड ही हुआ बस एक राउंड जीतना है तनमय के टीम को और तनमय का भाई के टीम को जीतना है अभी कम से कम तीन राउंड तीन राउंड जीतना है यो देखो यो देखो नुबड़े जैसा इमो नुबड़ा वाला इमोट देखना चाहोगे क्या देखो नुबड़े वाला देखो नुबड़े का मैच देखो नुबड़ा इमोट इधर हम जिस बंदे का नुबड़ा जैसा इमोट दे, देखते है क्योंकि नुबड़ा अकाउंट में तो कोई इमोट होते नहीं है ना तनमय देखो तनमय यहाँ पे चुपके चुपके बैठ रहा है ऐसा लग रहा है चोरी चोरी कर रहा है कहीं चोरी डकैती डालने जा रहा है बैंक बैंक में तनमय का भाई का देखते है और जहाँ पे क्या हो रहा है ये मूड ऑफ हेलो हेलो हेलो भाई भाई बोलो, बोलो, बोलो, बोलो। यहाँ पे बेट बॉल या खेले और उधर से मेराज नहीं तन्मय या केले बचाए तन्मय क्या मार पाएगा किसी को तनमय धीमे धीमे कर रहा है धीमे धीमे तन्मय का हेल्थ बढ़े जा रहा है ऐसे ऐसे क्या इधर से है और भेड़ है और नवाज इस इधर से बचे है तन्मय मार पाएगा किसी को तन्मय मार पाएगा किसी को या फिर बस यूं ही लिड़क जाएगा तन्मय को यहां पे घेर दिया जाएगा और उसके बाद से तन्मय को ऐसे ही मार दिया जाएगा ये लुबड़ा वाला हरकत कर जा रहा है भाई लोग यहाँ पे बहुत शानदार तनमे मैंने बहुत अच्छा खासा डैमेज दिया मगर क्या करे भाई इनका एक नूबड़ा बंदा है बहुत अच्छा खासा डैमेज दे दे रहा है उन लोग उनका भी बहुत होगा। और यहाँ पे बोर्ड को डाउन कर दिया और यहाँ पे तनमे को भी खत्म ओपी बोलते ओपी पब्लिक ओपी बोलते ओपी ये नूबड़े बंदे नूबड़े जैसा अपना गेम प्ले दिखा रहे गलती से नुबड़े आ गए यहाँ पे चलो भाई एक नुबड़े का मैच देखते हैं है, ये क्या करने वाला है यो देखो यो देखो ये सस्ता नासा वाला इमोट जा रहा है पुराना इमोट पुराना जमाने का इमोट जैसे गांधी जी ने इनको लात मार दिया हो ये, ये अफसोस खा रहे हैं यो देखो गांधी जी ने इनको लात मारा और यहाँ पे तनमे दौड़ते हुए बंदे को मारने के लिए जा रहे हैं फिर से और फिर से तनमय अपने भाई से लात खाएंगे तनमय बहुत अच्छा खेल रहा है मगर उनका भाई वे, वे ये क्या हो रहा है मैंने योका देख लिया भाई का भाई भाई हमेशा कर दे रहा है है लगा के आया क्या भाई ये क्या कर रहा है, हेक लगा के आ गया है। भाई का भाई हैकर मुझे पता चल गया भाई तनमय का भाई हैकर इसके आई डी पे रिपोर्ट करेंगे इसके बाद वाले गेम में यो देखो तनमयुअल तोड़े जा रहा है तनमयल तोड़े जा रहा है इधर से अकेला बचा है बेड बॉय और, और, और यहाँ पे बहुत खास गेम प्ले हो रहा है अभी देखे कौन जीतेगा कौन जीतेगा भाई इस राउंड को यहाँ पे बेट बॉय बेट बॉय ने डाउन कर दिया तनमय को और के जी एन और बेट बॉय दोनों जो एक ही जगह पर खड़े हुए हैं खड़क सिंह की तरह और यहाँ पे मिराज ने खत्म कर दिया उसको और यहाँ पे यो बंदा देखो इसको खत्म कर दिया ओ भाई बेट बॉयिस तनमय बोल रहे है बेट बॉय भरसेस मिराज बेट बॉय भरसेस मिराज कौन जीतेगा इस राउंड को भैया मेरे को तो लग रहा है बेट बॉय जीतेगा क्योंकि ये नुबड़ा बंदा जीत नहीं पाएगा कभी क्योंकि ये नूब है ये पालक पनीर का सब्जी खा रहा है क्या ओपी भाई नूबड़े ने मैच जिता दिया ओपी बोलते भाई लोग ओपी इंदर चैट लगाओ इस नूबड़े के लिए बहुत अच्छा इसका गेम प्ले है मगर इसको नूब बोलते हैं हमेशा मगर इसका गेम प्ले बहुत शानदार है